असलम दोस्तों आज मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ आप सब लोगों की लिए आप सब लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं वैसे तो मैंने पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था लेकिन अभी मैं दोबारा से ऑयल लगा रहा हूँ आप लोगों को समझाने सिखाने के लिए वैसे कोई मैं भी इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ तो लाला वेंचर फूड में आपका वेलकम करते हैं अभी कुछ ही देर में हम इसको बना लेंगे बहुत आसान तरीका है इसमें ऐसे बरेड लगाएंगे और ये एक बरेड इधर लगा देंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे जो अभी हमने बनाया होगा पेस्ट मैंने एक्चुअली आज आलू अंडे बनाए थे तो सोचा क्यों ना आपको भी ये टेस्ट करवाया जाए आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से आपको अच्छा पेस्ट भी बना सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नूडल्स टाइप रेसिपीज भी में ट्राई की जा सकती हैं। हमारा कैमरा मैन फोकस अच्छा नहीं कर रहा है काइंडली आपने कॉम्प्रोमाइज करना है देखते हैं ये आज का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है कैसा बनता है वैसे एक दफा मैंने पहले भी बनाया था मैं वीडियो बनाना भूल गया था लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी लास्ट टाइम भी कुछ जल गया था कुछ बच गया था बहुत जला बचा सारा मिक्स करके हमने खा लिया था मुझे लग रहा है कि मैंने अभी ज्यादा से नहीं लगा दिया शायद कहीं। इसको हम बंद करने का, फ्राई करते हैं इसको बंद कैसे करते हैं लगा रहने देते हैं फिर अब इसके ऊपर वाली साइड पर ऑयल का उपयोग करेंगे हम भाई ना ट बनाओ और ये पकाओवर जो भी इतना कुछ तो मुझे नहीं पकानाफेंट पहले चलाऊंगा लास्ट टाइम एक दोस्त ने कमेंट किया था भाई एलिफेंट पका कर दिखाओ गई करते हैं चलो अब हम इसको लगा देते हैं स्विच बोर्ड में दोस्तों मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया है अभी कुछ ही देर में तीन में मिनट ये तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको इसका विजिट करवाऊ गाइज अभी ये पक चुका है अब हम इसको बंद कर देंगे स्विच इसका खोल के देखते हैं अंदर क्या बनता है थ्री टू वन प्यारे बच्चो अबू आ रहे हैं अबू का तो पता नहीं भाई सैंडविच आ चुके हैं दोस्तों अभी खस्ता खस्ता सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं अभी हम इसको अपनी प्लेट में लगाएंगे सैंडविच बन कर तैयार हो चुके हैं अब केचप को तो मैं ऐसा ही याद करूंगा कैसे करने का हक हाँ है तो मुझे केचप तो लाशनी चाहिए तो कैचअप पता नहीं होगी कि नहीं बाहर और फूल अगर कैचअप आए तो ओके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ओको दोस्तों फेज